आय देखा सर्वसाके जीता उ चीज दुहरी पकोर के रख लई था ना रख देती कोना में घर में सारा वाला पूरा गांव भर के आतुर के काम धंधा करै ऐसा आदमी का से छै सर्वसाके आके उठ रे रे सर्वभौ उठसबी तो अभी जे में वही हो तो मोदी पस लेला ते कटोरा ना ना चलावे देत एकक हार दिया बर्तन में जे बर्तन त हमरा से ना मजतौ कहना रे समझबो का देलियौ ना जाके छुपे बर्तन में तो से गार के <IKEA क्यारिज़िया गरेकी> तो जोर से जा के चढ़ हो तब ना ना न रे रेस सलादी का पेशाब लगल हम सर वाले कैसे मतलब। नोप। जल्दी माज़िन गार हमर फाड़ दी साल झांट भर के दूरा न बहरा रहा लारे का इज्जत कर ले नल में पानी है नहीं अब कॉल कल ई सारा न मनी चला ओ केऊ रे चला सारा सनी बहुत बहुत तो गे है अरे साला ताले तने ने काली बहुत टेक लाइक रंगदारी बतियाय लगला चिन्हवे न कर मार मार सला के चला तू लो बहोत तासु बोले की हो ई सारा बड़ी जोर से म बोले चला तोहर से कोखरी से नटंकी दे छ देखै छ जेकर बर्तन माई तू जा चलाउने बैठ बहुत सारा गाड़ी बतिया चुपेरा जा बर्तन लेकिन गाड़ो साले दे तोरा अभी बर्तन मयले ओखनी ता निकामी कहलाय ना बाप रे बला बड़ी जोर से मरने ला इ सला मा मर मर साबास